हेलो फ्रेंड्स मैं सचिन मेरे चैनल एस के आर में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड्स मोबाइल में जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं तो कभी कभी ऐसा इशू आता है कि मोबाइल की स्क्रीन तो रिकॉर्ड होती है लेकिन जो उसकी वॉइस है वॉइस नहीं आ पाती तो फ्रेंड अगर इस तरह से हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये मेरा एम का फ़ोन है एम के फ़ोन में रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन होता है मोस्टली सभी फ़ोन में आपको ये मिल जाएगा उसके लिए आप इस टूल के ऑप्शन में जाएंगे टूल के ऑप्शन में जाने के बाद ये स्क्रीन रिकॉर्डर पे जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद ऊपर ये ये इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे एक साउंड सोर्स का ऑप्शन है फ्रेंड्स अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रही है आप यहाँ साउंड सोर्स में देखेंगे यहाँ माइक सेलेक्ट हुआ हुआ है फ्रेंड्स अगर आप इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वीडियो तो मोबाइल की रिकॉर्ड हो रही है बट साउंड नहीं आ रही है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आके देखेंगे तो यहाँ पे साउंड सोर्स में माइक की जगह म्यूट हो रहा होगा अभी फ्रेंड मैं यहाँ देखूंगा तो ये कह रहा कुड नॉट चेंज पैरामीटर वाइल रिकॉर्डिंग अभी रिकॉर्ड हो रहा है तो वो चेंज नहीं होगा आप इस साउंड सोर्स में जाके देखेंगे आपको यहाँ म्यूट का ऑप्शन दिखाई देगा आप उस म्यूट को हटा के यहाँ माइक कर लीजिएगा और फ्रेंड उसके बाद अब अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके देखिएगा फ्रेंड्स उसके बाद भी अगर आपकी नहीं होती तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू